नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पतंजलि का जहां दूंगा आपको बहुत सारा दोस्तों के, के बारे में जी हाँ दोस्तों आप मेरे हाथ में जो देख रहे हैं ये पतंजलि का दिव्य केश कांति हेयर ऑयल है और आज इस हेयर ऑयल के बारे में मैं इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी बोले तो पूरी जानकारी देने वाला हूं तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक आप जरूर देखिएगा और इस वीडियो में ये जो दो केश आपको फ्री में भी देने वाला हूं। फ्री में लेने के लिए आप पहले हमारे प्रेस करके पास में जो बेल आइकोन है इसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सेव कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले व सबसे जल्दी मिल सके दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आए या अगर आपको केश कान्ति हेयर ऑयल चाहिए तो स्क्रीन पे जो व्हाट्सअप नंबर है इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैं फोन लगा के आपको पर्सनल भी प्रोवाइड करवा दूंगा और आपको जो भी सामान चाहिए बाइक ऑयल आपके घर तक भी पहुंचा दूंगा दोस्तों सबसे पहले हम इसके ऊपर पढ़ लेते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है इसके बाद में डिटेल में इसके बारे में पूरी जानकारी मैं दूंगा देखिए दोस्तों इसके ऊपर लिखा हुआ है पतंजलि केश कांति तेल ठीक है पतंजलि का है केश कांति तेल केश कांति का मतलब क्या होता है केश का मतलब होता है बाल कांति का मतलब होता है सुंदरता ठीक है तो बालों की सुंदरता बढ़ाने वाला तेल बोले तो केश कांति तेल नीचे लिखा हुआ है दोस्तों बालों की जड़ों को मजबूत करता है जिन लोगों के बालों की जड़ कमजोर है ना उसको मजबूत करता है दो मुहे बाल सफेद बालों को झड़ने से असरदार सुरक्षा प्रदान करता है इसमें इतना यहाँ पे सामने की साइड लिखा हुआ है और इसके बाद में लिखा है पतंजलि आयुर्वेद का उत्पाद ठीक है और इसकी नेट वॉल्यूम 120 सौ आती है मतलब 100 एम प्लस 20 एम इसमें एक्स्ट्रा आता है ठीक है और पीछे की साइड सेम चीज लिखी हुई ये इंग्लिश में है रूट प्रिवेंट फ्रॉम हेयर फॉल ग्रेइंगेयर एंड स्प्लिट ऊपर लिखा हुआ है हालांकि अभी मैं डिटेल में आपको आपको पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों और अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आता प्लीज कमेंट कर दीजिएगा मैं अभी कमेंट का आपके एक से दो घंटे के अंदर आंसर जरूर दे दूंगा दोस्तों इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है इसकी पूरी लिस्ट दे रखी है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ देखो सबसे पहले इसके ऊपर लिखा हुआ है आयुर्वेदिक प्रोपरटरी मेडिसिन है ना मतलब ये कोई जंदल चीज नहीं है ये दवाई के रूप में काम लेने वाला हेयर ऑयल हैज मेहंदी नीम लीफ बहेड़ा हरड़ बड़ी हरड़ है ना बिग गिलोय घृत कुमारी हल्दी नागकेशर बाकुची गुड़हल पुष्प चारेला याशतु मधु अनंत मूल रावसात वचा कोकोनट ऑयल और तिल ऑयल इतनी सारी चीजें दोस्तों इसके अंदर है और इतनी सारी चीजों से मिलके ये जो हेयर ऑयल है ये बना हुआ है दोस्तों ये जो हेयर ऑयल है ना ये संपूर्ण जड़ी बूटियों से बना हुआ है हालांकि इसके अंदर कोई भस्म नहीं मिली है इसमें जितनी भी चीजें हैं सारी जड़ी बूटियां हैं ठीक है ठीके? और जड़ी बूटियों का इसमें एक्सट्रैक्ट है ठीक है तो ये पूरा जड़ी बूटियों से बना हुआ है और बेस मटेरियल में इसमें मिला हुआ है सुगंधित द्रव्य ठीक है अब में इसमें लिखा है प्रोवाइडमेंट स्ट्रेंथेंटर ठीक है बस ये लिखा हुआ है बाकी मेथड ऑफ यूज लिखा हुआ है तो वो मैं भी आपको बता दूंगा अंदर से भी बता देता हूं आपको कैसा दिखता है देखो अंदर से दोस्तों इसके अंदर ये पूरा स्लिप निकलती है इतनी बड़ी ठीक है और ये इस प्रकार का दोस्तों कुछ हेयर ऑयल निकलता है ये मैं आपको थोड़ा नजदीक से बता देता हूँ ये इस प्रकार का दोस्तों कुछ ये हेयर ऑयल निकलता है और इसमें दोस्तों जो स्लिप निकलती है इसके ऊपर वही सब चीजें लिखी है जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है ना कंपोजिशन मैंने अभी जो पढ़ के बताया वही सब इसके अंदर लिखा हुआ है और इधर की साइड दोस्तों इसमें लगाने का तरीका लिखा हुआ है और कुछ चीजें लिखी हुई है मैं आपको पढ़ के बता देता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि वीडियो जब मैं बताऊं तो आप लोगों को हर चीज पूरी डिटेल में मालूम होनी चाहिए कि इस दवाई में क्या मिला हुआ है कैसे बनी हुई है क्या क्या इसके अंदर है आपको जब पूरा मालूम होगा तभी तो आप इसको अच्छे से यूज कर पाएंगे थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है हालांकिल हेयर ऑयल का वीडियो नहीं देखा तो उसे जरूर देख लीजिए और जब यह वीडियो खत्म होगा तो आपको स्क्रीन में एनोटेशन में वो वीडियो मिल जाएगा तो इस वीडियो को बिना स्किप कर शुरू से लेकर देखते रहिए देखिए मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ता हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो रोजाना रात को सोने से पहले वह आवश्यकता अनुसार एक कटोरी में डालें। अब हाथों की उंगलियों से धीरे धीरे बालों की जड़ों से लेकर छोर तक हल्के हल्के मालिश करें प्रातः काल केश कांति हेयर क्लींजर से ही बाल को धोएं। गीले बालों को धीरे धीरे नरम तोलिए से पोंछें। ड्रायर का प्रयोग ना करें केमिकल युक्त शैंपू का प्रयोग ना करें खुले दांतों वाली कंगी का प्रयोग करें बालों को सूखने के पश्चात ही केश सज्जा करें इट मीनस कंगी करें इधर की साइड लिखा हुआ है दोस्तों 21 जड़ी बूटियों द्वारा निर्मित पतंजलि केश कांति तेल केश तेल पतंजलि केश कांति आयुर्वेदिक शास्त्रों में वर्णित 21 जड़ी बूटियों द्वारा निर्मित है प्राचीन काल से आयुर्वेदिक तेलों से बालों की सुरक्षा की जाती थी बालों के स्वास्थ्य की दृष्टि से आजकल आधुनिक युग में विभिन्न प्रकार के तेल जो की हमारे बालों के लिए विशेष महत्व रखते हैं हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं जो कि केश कांति तेल में मौजूद थे आज अधिकतर तेल लिक्विड लाइट पेराफिन द्वारा निर्मित है जो कि जल्दी से बालों को समाज तो जाता है लेकिन इसके विपरीत परिणाम होते हैं जी हाँ दोस्तों तो ये बहुत सही बात लिखी है कि इसमें लाइट लिक्विड पेराफिन आजकल जो हेयरऑयल है आते हैं ना उसके अंदर मिला होता है जो की इंस्टेंट तो आपको काफी अच्छा लगता है कि नहीं वो शायद ठीक है बट बाद में बालों के लिए ये नुकसानदायक होता है केश तेल एक संपूर्ण आयुर्वेदिक औषधि है जो कि तेल देखो औषधि है ध्यान रखो ये तेल नहीं है औषधि है जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था पतंजलि केश कांति तेल एक संपूर्ण औषधि है जो जो कि तेल तेल में अन्य तत्वों से मिलकर निर्मित है, बालों की जड़ों को मजबूत करता है दो बाल सफेद बालों को झड़ने से असरदार सुरक्षा प्रदान करता है केश कांति तेल को रोजाना इस्तेमाल करने से बालों की सभी समस्याओं का समाधान होता है इतनी सारी चीजें इस छोटे से पेपर में लिखी हुई है दोस्तों ठीक है और इसके अलावा दोस्तों इसके ऊपर और तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो अब दोस्तों मैं आपको इसका थोड़ा सा बता देता मैंने बोला था थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है बाकी कोशिश करूंगा जल्दी से शॉर्ट करने की देखिये दोस्तों अगर आपको बालों के किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है ना तो इसमें आप पतंजलि केश क्रांति हेयरऑयल का यूज कर सकते है लेकिन अगर आपको बहुत ही ज्यादा समस्या है बहुत तो सारे आपने ऑलरेडी तेल यूज कर लिए है या हो सकता है आपने पतंजलि का केश कान्ति हेयर ऑयल भी यूज किया हो या हो सकता है आपने कोई भी घरेलू उपचार किया हो कोई दवाई खाई हो यहाँ तक कि आपने एलोपैथी का कोई ट्रीटमेंट भी किया हो लेकिन फिर भी अगर आपके बाल ठीक नहीं हो रहे हैं बालों की समस्या नहीं जा रही है तो ऐसे में आप एक बार मैजिकल हेयर ऑयल लेकर जरूर देखिएगा दोस्तों ये जब वीडियो खत्म होगा तो मैं मेजिकल हेयर ऑयल का और उसके रिजल्ट का दोनों का ही वीडियो लगा दूंगा आप दोनों को क्लिक करके पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये भी फ्री में आपको दे पाऊ और और और और आगे आने वाले और भी भी इंटरेस्टिंग वीडियो की की जानकारी मिल सके। देखिए, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रहे हैं, आजकल दोस्तों आधुनिक जो जो युग है, है है ठीक हम लोग साबुन, ना ऑयल, सीरम और जेल और पता नहीं क्या क्या लोग यूज करते हैं अपने बालों को सजाने के लिए सुंदर दिखने के लिए लेकिन उस टाइम तो आप काफी सुंदर दिख जाते हैं लेकिन दोस्तों ये बाद के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है ये हमारे बालों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है तो इसलिए दोस्तों क्या होता है कि हमने जितनी भी चीजें उपयोग की है उससे हमारे बालों को जो भी डेमेज हुआ है उस डेमेज को कंट्रोल करता है ये पतंजलि केश कांति ऑयल हालांकि दोस्तों में आपको एक चीज बता दू पतंजलि केश कांति ऑयल से ज्यादा अच्छा पतंजलि का केश तेल है जो की सब सबसे पहला पतंजलि का हेयर ऑयल है और इसके बाद में ही पतंजलि का यकेश कांति हेयरऑयल आया है तो पतंजलि केश तेल अगर आपने उपयोग नहीं किया तो उसे एक बार सही तरीके से उपयोग कीजिएगा और वैसे मैं बता दूं उसे अकेला नहीं लगाया जाता है जो पतंजलि का केश तेल आता है उसको कभी भी अकेला यूज नहीं करते हैं अगर अकेला यूज करोगे तो उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए या अगर कोई डाउट क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिए मैं अभी आपके कमेंट का आंसर दे दूंगा तो उस ऑयल को एक बार आप यूज करके देखिए इस ऑयल को यूज करके देखिए अगर फिर भी आपके बालों की समस्या खत्म नहीं होती तो फिर आपके लिए लास्ट बचता है, है, है, है और केश कान्ती हेयर ऑयल के भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट है दोस्तों ऐसी बात नहीं है कि केश हेयर ऑयल के रिजल्ट नहीं है इसका रिजल्ट भी काफी अच्छा है ये काफी लाइट होता है इसमें महक बहुत ज्यादा नहीं होती दोस्तों तो इस कारण से बहुत सारे लोगों को सूट हो जाता है महक होती होती होती है, होती है, होती है, खुशबू लेकिन इतनी नहीं होती कि आपका सर चढ़ जाए, ठीक है मतलब इसकी महक आपके सर के ऊपर नहीं चढ़ती, बड़ी लाइट लाइट इसकी, इसकी खुशबू होती है और लाइट खुशबू होने के कारण दोस्तों ये हर व्यक्ति को सूट कर जाती है इसका तो, तो मैंने आधे घंटे का वीडियो बना रखा है इसी चैनल पे अगर आप देखेंगे मैं ग्रे होने का रीजन क्या होता है देखिए अगर आपके बाल झड़ रहे तो उसमें तो आप यूज कर सकते हैं लेकिन अगर आपके असमय बाल सफेद हो गए हैं ग्रेइिंग ऑफ हेयर्स व्हाइट हेयर्स तो ऐसे में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों जब आप इसका उपयोग करें अगर आप लेडीज नहीं अगर आप जेन्स हैं मतलब मर्द हैं ठीक है तो बालों को छोटे-छोटे छोटे-छोटे कर लीजिए ठीक है बारिक बाल अगर आपके रहेंगे तो ये इसका असर बहुत अच्छा रहेगा और लेडीज है तो मैं आपको जब मुझसे ये लोगे तो मैं इसको आपको यूज करने का जो प्रॉपर तरीका होता है वो भी बताऊंगा हालांकि इसको अपने नाखून के पोर्स हैं इससे ऐसे ऐसे ऐसे करके लगाना है ताकि क्या है कि ये जो तेल है ये आपके बालों की जड़ों में जैसे इसके अंदर भी लिखा हुआ है कि इसको कटोरी में ले लो और कटोरी में लेने के बाद लगाओ तो ऐसा क्यों लिखा हुआ उसके पीछे का रीजन है कटोरी में लेने से आप अपनी चारों पांचों उंगलियां कटोरी में डुबो सकते हो फिर डुबो के जब आप ऐसा ऐसा ऐसा ऐसे लगाते हैं तो दोस्तों इससे क्या होता है कि आपकी जो खोपड़ी है जिसको आपका जो ये आपका सर है ना इसमें बालों की जड़ों तक तेल इसका पहुंच पाता है तो बालों की जड़ों तक इसका तेल पहुंच पाए तो दोस्तों तभी तो ये फायदा करेगा आप बालों को तेल से नहला ना, बालों को में डुबा के भी रखोगे तो कोई फायदा नहीं होना है।, तो है अगर आपके बाल टूटते हैं बहुत ज्यादा बारीक है बाल सफेद हो गए हैं दो मोहे बाल हो गए हैं डेंडर बहुत ज्यादा रहता है रूसी बफवा बहुत ज्यादा रहता है अगर एलोपीसिया की भी प्रॉब्लम है तो भी आप इसकेश कान्ति हेयर ऑयल का यूज कर सकते हैं हालांकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो तो एक बार आप मेरा परामर्श ले सकते हैं मेरा कंसल्टेशन ले सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जब आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको जो है फोन लगा के पर्सनल कंसल्टेशन प्रोवाइड करवाऊंगा करौग अगर आपको और कोई भी बीमारी है तो उसके रिगार्डिंग भी आप मेरा ले सकते हैं मेरी फीस दोस्तों एक है जो की मैं एक ही बार लेता हूँ इसमें आपको लाइफ टाइम में इसमें आपके शरीर की जितनी भी प्रॉब्लम है जो भी आपकी साथ प्रॉब्लम से हर प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग आप करवा सकते हैं लाइफ लॉन्ग इसके बाद में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता है अगर आप मेरा कंसल्टेशन लेना चाहते हैं अगर आप मेरा परामर्श लेना चाहते हैं मुझसे कोई मदद लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे जो नंबर देख रहे हैं इसी नंबर पे गूगल पे से फोन पे से पेटीएम से जो भी आप यूपीआई यूज करते हैं उसे एक हजार इस नंबर पे भेज के उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे दोस्तों मुझे व्हाट्सअप पे भेज दीजिएगा इसके बाद में मैं आपको फोन लगा के पर्सनल कंसल्टेशन प्रोवाइड करवा दूंगा और अगर आपको हेयर ऑयल चाहिए तो भी आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैं बाय कोर आपके घर तक ये जो हेयर ऑयल है ये पहुंचा दूंगा तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए दोस्तों आशा करता हूं, इस वीडियो में जो मैं फ्री गिव अवे कर, कर लिया होगा हो, तो सकता है, दोस्तो, ये है बिल्कुल फ्री और तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो में आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी और हाँ इसका डिटेल वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ये स्क्रीन पे आपको इन्वोटेशन दिखेंगे लास्ट में इसमें आप जरूर देखिएगा या आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैं वो वीडियो आपको पहुंचा दूंगा दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करने के लिए इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम